गाइज अगर एक्सपर्ट की माने तो अगले 40 दिनों में कोरोना की चौथी लहर भारत में आ सकती है पैंतीस दिनों के बाद ही भारत में कोरोना का नया लहर शुरू हो जाता जो की गाइज दूसरे और तीसरे लहर के वक्त भी हुआ था गैज डर तो इस बात की है की जिस प्रकार जापान और चाइना में कोरोना बढ़ रहा उससे तो यही लगता है की भारत के लिए जनवरी का महीना काफी अहम होने वाला बट गाइज क्या आपको लगता है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है या नहीं कमेंट में जरूर बताएं और हाँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज सपोर्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो